मैं सच बात बता मैं बाला घुमाऊंगा दगी थी सेंटर घुमाऊंगा चंडीगढ़ <laughs> <जगी जगी दी। laughs> भी घुमाऊंगा बिल्कुल तो भाई यू आप मुझे जानती हो गए मैं अक्षत का बड़ा भाई और आपने फर्स्ट व्लॉग अगर देखा होगा तो ऑब्वियसली आप मुझे जानते होंगे छोटे भाई ने मुझे बहुत मशहूर कर दिया है यस यस यस मैं अक्षत आनंद की वीडियोस में बिल्कुल कमेंट्री करता रहूंगा और मैं, मैं ये रिकॉर्डिंग बाद में करने वाला हूं। और मैं इसको अच्छे तरीके से प्रोफेशनल से पर्सनल लाइफ की तरफ ले जाऊंगा तो ये जो ब्लॉग शुरू होने वाला है ये शुरू होने वाला है जग्गी सिटी सेंटर के ब्लॉग के बाद जब अक्षित भाई ने अपने चारों दोस्तों को निकाल दिया बाहर इससे पैक दिया उसके बाद उसको एक और दोस्त मिल गया अगर से से चौक चौक पुल चढ़ते हो तो <laughs> राहुल अच्छा ओहोज है गुरो गुरो कैसा है है ये ठीक पूरा यार ये ये किसी काम के नहीं है लोग ना वो चीज़ चीज़ घुसा रहा मेरे अंदर तो भाई राउुल बिल्कुल खिला रहा है और इतना गरम है ना वो और वो और वो इतना गरम है ना इसने क्या किया मुंह के अंदर ठूट दिया आपने देख ही लिया होगा ऐसे कभी मत करना ऐसे खुदू दोस्त जो है ये वैसे बहुत बढ़िया होते हैं बहुत प्यारे होते हैं भाई ये मेरा प्रिय मित्र राहुल है प्रिय मित्र राहुल और ये राहुल भाई जो है बाद में हम बताएंगे इसकी इंट्रोडक्शन फिर कभी कर करेंगे बढ़िया सी इंट्रोडक्शन करेंगे ऑब्जियसली राहुल आप अगले ब्लॉग में देखते रहोगे उसके बाद हम उसके घर पे भी उसके घर पर पता है आपको दो दो डॉग्स हैं और एक कैट हैं और वो इकट्ठे रहते हैं एक्साइटेड हो बिल्कुल मैं मिलवाऊंगा आपको उसकी फैमिली से लेकिन एक और गुड न्यूज़ है हम अगला व्लॉग जो करने वाले हैं इसके बाद इस इस व्लॉग के बाद वाले जो व्लॉग करेंगे उस व्लॉग में कहाँ जाने वाले हैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग के एंड में दूंगा इस व्लॉग के एंड तक बने रहना और हाँ भाई को सपोर्ट करते रहो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो मैंने भी कर दिया है आप भी कर देना तो चलो मैं मिलता रहूँगा आपको मैं मिलता रहूँगा आपको हेलो गाइस तो आज का दिन है बहुत सुहाना मैंने लगाया बालों पे तेल मुझे पता है बहुत अजीब लग रहा हूँ बट ये मुझे आपको रियलिटी दिखानी है एंड रियलिटी यही है कि आज जो है हमने करना है एक कोचिंग सेशन बेसिकली मैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ तो आज का जो हमारा क्लाइंट है ही इज फ्रॉम आई खड़कपुर एंड ही इज कर उनको जो है वो इंटरव्यू uh, कोचिंग uh, मुझे प्रोवाइड करनी है सी की कैसा जाता है आज का दिन इट्स इज थर्ड से बेस्ट तो ना क्या चुका हूँ मैं बाहर और लेट्स सी अब क्या करते हैं राइट सो आई एम री सॉरी फॉर दिस right so we were on strengths weaknesses and then we have opportunities first of all there are a lot of candidates who, who do not actually understand what the corporate is corporate is actually very much different than than our colleges the right candidate does is what gives an edge to that candidate is that he understands what what changes are there in it तो भाई आज का सेशन हो गया कंप्लीट और मैं चला वॉलीबॉल खेलने सी यू यूसा अच्छा कौन कौन जीता लेट हो गया ओहो चलो आ आ गया गया आ गया, आ गया। <laughs> क्या है तू <दू? laughs> इंसान है <laughs> अच्छा और ये मैं emotional emotional. अच्छा मैं मैं सच बात चंडीगढ़ भी घुमाऊंगा बिल्कुल अच्छा अच्छा मेरी नकल कर रहा है भाई खेल रहे हैं वो क्या नाम है इसका रोहित चलो फिर ओके गाइस आई लेंगे हम आई लेना पड़ेगा टीम, बांटो फिर टीम टीम। टीम। आ बांटो फिर मेरे ब्लॉग यार। गए सारे। बोल बोल। कौन तेरे? प्लेयर्स के नाम बोल। ही थे बस एक एक इसलिए लियो लियो। बीच में। एक ले लियो। बाकी ये हमारी टीम ही है। अच्छा। हाँ जी। तुम हम हाँ। हम तीन सारे। हम तीन। पार्थिश और रहे इशान। इशान। कौन कौन? बच्चा तू ले ले। आच्छारी आच्छारी ले।, ले। इशान। मैं शांत। हम में इसको भी ले कैसा है बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। सुन तो मेरी बात है एक-एक लेके एक, एक, एक, तो ये ऐसे झुंड बनाएगा पता नहीं कौन जा रहा कौन नहीं आ रहा जा ओए चल अपनी लेके चल्टी चलो ठीक है फिर भाई, भाई, भाई, भाई, भाई मुझे पता नहीं था कि के फिल्टर जो है उसपे अच्छा लग रहा है ना Hi mom